तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक इन अनादार न्यू वीडियो तो दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड सोशल मीडिया लिंक्स इन यूट्यूब अबाउट सेक्शन मतलब सोशल मीडिया का लिंक यूट्यूब अबाउट सेक्शन में कैसे ऐड करें आज आपको मैं ये वो सिखाऊंगा तो उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेलाइकन ऑल ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड आप हूँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और साथ ही साथ गाइस लाइक करना तो भूलना मत तो गाइस यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ YouTube पे आपको आना है YouTube पे आने के बाद आपको क्या करना है आपके खुद के चैनल पे जाना है योर चैनल पे आपको जाना है जाने के बाद ऊपर की साइड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और अबाउट सेक्शन में आपको जाना है और अबाउट सेक्शन में आते ही आपको मेरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो सोशल मीडिया ऐप का लिंक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक है फेसबुक और एक इंस्टाग्राम जो कि है मेरे खुद का फेसबुक यह फेसबुक प्रोफाइल ये मेरा खुद का लिंक है और इंस्टाग्राम ये भी मेरा खुद का प्रोफाइल का लिंक है तो आपको भी ये कैसे यहाँ पर ऐड करना है मैं आज आपको बताऊंगा तो गाइस ये देखने में थोड़ा प्रोफेशनल और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और इससे आपका भी फायदा हो सकता है जैसे कि आपका फॉलोअर वगैरह बढ़ेगा इससे कोई भी बंदा आपके चैनल में विजिट करता है तो आपका यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है तो आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई पर भी आपका फॉलोअर कर देगा कोई भी बंदा तो गाइज इसको कैसे यहाँ तो पर ऐड करते हैं मैं आपको बता दूंगा उससे पहले गाइज इन दोनों वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों वीडियो में मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था फेसबुक का लिंकों को कैसे का कॉपी करें और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था इंस्टाग्राम का लिंक को कैसे कॉपी करें इन दोनों लिंक को आपको यहाँ पर ऐड करना है उससे पहले आप लोग इस दोनों वीडियो को ज़रूर से जरूर देखो नहीं तो आपको ये इस वीडियो में कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो गाइज आपको पहले दिखा देता हूँ तो तो तो तो तो इन लिंक को कैसे यहाँ पर यूट्यूब एपोर्ट सेक्शन में एड करते दोस्तों इस काम को के लिए आपको ब्राउज़र के के आप आप कर तो तो क्या करना है आपको यहाँ पर यहाँ पेंसिल का आइकॉन मतलब कस्टमाइजेशन एक ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर चैनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे ले जाएगा तो जाते ही आपको यहाँ पर तीन यहाँ पर सेटिंग्स दिख जाएंगे एक है लेआउट एक है ब्रांडिंग और एक है बेसिक इनफो तो आपको बेसिंग इनफो वाला ऑप्शन उस पर आपको क्लिक करना है बेसिक इनफो में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लिंक वगैरह दिख जाएगा ये है आपका खुद का चैनल का लिंक और नीचे मेन जो नीचे है वो है लिंक ऐड करने का यहाँ पर सेक्शन है जहाँ पर आप लोग अपने खुद का इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो तो यहाँ पर आपको ऐड लिंक में क्लिक करना है ऐड लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है लिंक टाइटल और दूसरा यू आर तो यहाँ पर आप लोग कोई भी यहाँ पर सोशल मीडिया का यहाँ पर लिंक यहाँ पर देख सकते हो और नाम भी डाल सकते हो तो सपोज यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फेसबुक तो फेसबुक यहाँ पर आपको तो आप जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया का ऐप का लिंक यहाँ पर डाल रहे हो उसका पहले आपको टाइटल आप लोग तो जानते हो हर एक मीडिया का हर एक यहाँ पर नाम होता है तो फेसबुक का आप लोगों को नाम डालना है और आपका खुद का फेसबुक का यहाँ पर प्रोफाइल का आईडी का लिंक यहाँ पर डाल देना है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको उन दोनों वीडियो को देखना है कर देने के बाद यहाँ पर यू आर तो आपको आपका खुद का यहाँ पर Facebook का यू आर यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है खुद से और यहाँ पर आप लोग और भी यहाँ पर यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक ऐड करना चाहते हो एक से ज़्यादा आप लोग ऐड करना चाहते हो यहाँ पर एड लिंक का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर फिर से एड लिंक कर देना है तो गैस नीचे की साइड आते हैं ऐड तो गैस ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैं यू नहीं डाल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है यहाँ से आप लोग यहाँ पर एक यहाँ पर यू आर यहाँ पर कंप्लीट कर देते हो तो आपका यहाँ पर एड लिंक का ऑप्शन फिर से खुल जाएगा आप लोग और यहाँ पर यहाँ पर सोशल मीडिया का यहाँ पर लिंक डाल सकते हो यहाँ पर टोटल आप लोग पांच बार यहाँ पर सोशल मीडिया का यहाँ पर आपका लिंक यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो यू आर के साथ तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा तो लाइक कर देना मत भूलना तो गाइज लाइक तो बनता ही है मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाय